ब्रह्मांड के बारे में रोचक तथ्य खगोल विज्ञान के अनुसार हम कहते हैं कि हर भौतिक वस्तु इस ब्रह्मांड में मौजूद है इसमें ही खरबों तारे सौरमंडल और आकाशगंगाएं हैं, पर यह सिर्फ सारी वस्तुओं का 25 प्रतिशत ही है अभी भी कई ऐसी और चीजों के बारे में पता लगाया जाना बाकी है अगर नासा एक पंक्षी को अंतरिक्ष में भेजे तो वह उड़ नहीं पाएगा और जल्दी ही मर जाएगा क्योंकि वहां पर उड़ने के लिए बल ही नहीं है क्या आपको पता है श्याम पदार्थ डार्क मैटर ब्रह्मांड में पाया जाने वाला ऐसा पदार्थ है जो दिखता नहीं पर इसके गुरुत्व का प्रभाव जरूर पाया गया है तभी इसे श्याम पदार्थ का नाम दिया गया है क्योंकि यह है तो दिखता नहीं अगर आप एक मिनट में सौ तारे गिने तो आप दो साल में एक पूरी आकाश गिन देगे महाविस्फोट के बाद ब्रह्मांड विस्तारित होकर अपने वर्तमान स्वरूप में आया पर आधुनिक विज्ञान के अनुसार भौतिक पदार्थ प्रकाश की गति से फैल नहीं सकता पर महाविस्फोट सिद्धांत में तो यह पक्का है कि ब्रह्मांड 15 खरब साल में तिरानवे खरब प्रकाश वर्ष तक फैल चुका है एक प्रकाश वर्ष लाइट इक्वल प्रकाश के द्वारा एक साल में तय की गई दूरी हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की है। हमारा सौर मंडल इसी आकाशगंगा में है आकाशगंगा का ग्रीक भाषा में अर्थ है दूध अगर आप एक खगोलीय दूरबीन लेकर आकाश को देखें तो ऐसा लगेगा जैसे दूध की धारा बह रही हो दालीनिक क्लाउड आकाश गंगा सभी आकाशगंगाओं से सबसे ज्यादा चमकदार है यह केवल दक्षिणी गोलार्ध में ही दिखेगी यह धरती से एक दशमलव सात लाख प्रकाश वर्ष दूर है और इसका व्यास उन्तालीस हजार प्रकाश वर्ष है नौ एबल 2029 ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आकाशगंगा है इसका व्यास छप्पन लाख प्रकाश वर्ष है और यह हमारी आकीश से ऐसी गुना ज्यादा बड़ी है यह धरती से 107 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है धनु बोनी आकाश की खोज उन्नीस में हुई थी और यह सभी आकाशगंगाओं से धरती के सबसे करीब है यह धरती से 70,000 प्रकाश वर्ष दूर है एड्रोमेडा आकाशगंगा नंगी आंखों से देखी जाने वाली सबसे दूर स्थित आकाश है यह पृथ्वी से तेईस लाख नौ प्रकाश वर्ष दूर है इसमें लगभग तीन खरब तीस तारे है और इसका व्यास एक प्रकाश वर्ष है ज्यादातर आकाशगंगाओं की शक्ल अंडाकार है पर कुछ अपनी शकल बदलती रहती है हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी मंदा कि नहीं अंडाकार है एवल आकाश गंगा हमारे ब्रह्मांड की सबसे दूर स्थित आकाश है यह धरती से आश्चर्यजनक 13.2 तेरह खरब प्रकाश वर्ष दूर है 2004 में यूरोपीय दक्षिणी वेदशाला के खगोलों ने इस आकाश की खोज की घोषणा की